ओ डगया हो तेजा जी थे ना अरे थारे बिना तेजा जी अब जीने रो रे कोई ते थारे जो ज ज पीर नाम निताई के राम हो रे हम हम ज ज चित तेरे पीछे तेरी नाम निताई के ना। ना।